हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर टू में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे यह फैसला बापू ने अकेले लिया हमसे पूछा हिंदुस्तानियों से पूछा बापू का सिपाहियों से पूछा कभी बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी अंग्रेजों की तरफ से हथियार उठाना अपनी जान गंवाना ये तो अहिंसा का मार्ग है ना नेहरू नेहरू तुम्हें काम क्यों नहीं करते बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर टू अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीत लें और अंग्रेजी क्यों उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पार्ट पढ़ाए ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है मेरे कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती